भाई एक कट ले लो भाई नो no. गजब बेइज्जती है फर्स्ट मैच है ब्रो ओके अभी ऐसा ग्लिच था 5 4 3 2 1 We will arrive at some matrix. So, we will show the matrix or you come to the running. ज्यादा मारूंगा ही नहीं आपका कट कर दिया जाएगा। has been active. Please read मैं यहां पर मारूंगा नहीं कोई नहीं। मैं अपने रियल बंदे भी कमा। हाँ रियल बंदे भी होते हैं कोई अगर तुम मर गए तो चल अबे मुझे का पैराशूट खुल गया अपन थोड़े गहरे जगह पे आ गए यार मतलब रोज बन लेगा हां भाई मार्क द लोकेशन दिस टाइम भी साइज उड़ता है अब हम गया बंदा गया। रियल बन आ गया आ जाओ मेरे पास होता रियल बंदा मेरे सामने नॉक नॉक नॉक मैं मैं मुझे उठा जल्दी इसको मार मारकर जल्दी से उठाऊ मुझे नीचे आ जाओ भाई जल्दी उठाओ क्या ड्रोन को मारो ड्रोन वालों को मारो मुझे मार रहा है दोनों ड्रोन को ख़त्म करो जल्दी से उठा लो मुझे क्या कर रहे हैं वेट करो बंदे आ गए फिर से मारते तो अच्छा मेरे साइड आ जाओ हो सके तो एक ही था, था एक ही था और मैं ग्रेनेड करन जाना मत ग्रेनेड गाड़ी में जाना मत मुझे किल मिल गए मिल गई मार दिए थे पीछे आ गया गाड़ी उसके पास से ब्रो मालूम है तेरे बाप को चल। उस बंदे के पास किसी पे गाड़ी आया मेरे पे बंदा। the... चलो गुछो गुछो। किधर किधर किधर किधर किधर मार्कर मार के छप छप बंदे भाई बंदे गो गोट डैमेज कोपन ना जेल पर चलो और आ और एक एक आगे स्वाद इजीली किल कर सकते मैं तो मैं क्या करूँ बोलो मैं तो आ गया था कारी में अभी भी मार सकते हैं लोग ये कर रहे रहे हो आ चलो आएंगे जोन में नीचे सामने वाले देख इधर है इधर है हां कार में आ जाओ कार में आ जाओ हम ओपन है हम है, जल्दी आ जाओ सबको मार देगा जल्दी आ जाओ इधर साइड हो बंद है अरे ब्रो इधर है ब्रो अबे निकल निकल देख ना तुम लोग बात नहीं हाँ बेटे यार कितने बार बोला भाई आ जाओ भाई जल्दी तुम लोग सुनते नहीं हो। हम ओपन मेरे को कवर वाला होगा ना इसमें है पड़ा ब्रो हेट पड़ा हेट पड़ा हेट पड़ा, पड़ा उसको। कहा से ठीक दे रहा है बताओ मुझे एक बार नीचे गया अरे जो उधर मत जाए कर दे ब्रो नहीं जाएगा उतना दूर बहुत दूर है नेड नेड नेड कर नेड़ कर नंबर नंबर नंबर दे दे मौली, मौली दे सॉरी वैसा पर अरे चिकन बोलते